हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टिप्स की दुनिया में मैं हूँ रेखा बंसल आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे पांच ऐसे घरेलू टिप्स फॉर फेस जो आपके फेस को ग्लोइंग और चार्मिंग बनाने में हेल्प करेंगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करे की अगली वीडियो आपको किस टॉपिक आरोप चाहिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर so, में नींबू और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिलाकर रात को सोते समय अपने चेहरे पर लगाएं और सुबह उठकर अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा और ग्लो करेगा टिप्स नंबर टू दो चम्मच शहद में नींबू मिलाकर आप अपने चेहरे पर थोड़ी देर लगाए यानी पंद्रह मिनट तक हफ्ते में एक बार जरूर इस पैक को लगाएं इससे आपका चेहरा ग्लो और शाइन करेगा फिर नंबर थ्री हफ्ते में एक बार आप अपनी फेस पर एलोवेरा जेल और कॉफी पाउडर दोनों को मिलाकर अपने फेस पर लगाइए इससे आपका चेहरा बेदाग और साफ दिखेगा फिर नंबर फाइव कच्चे दूध में दो रोजाना अपने फेस पर हल्की हाथों से मालिश करें कच्चा दूध आपकी चेहरे की रंगत को निकालने में मदद करता है नंबर कच्चे दूध में रोजाना अपने फेस पर हाथों से मालिश करें। कच्चा दूध आपकी चेहरे की रंगत को निकालने में मदद करता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए